मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल नव निर्वाचित नगर परिषद सदस्यों के शपथ विधि समारोह में पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनके गांव में घर पहुंच सेवा से खाद दे रही है हमारी सरकार किसान भाइयों के लिए सभी सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी पुनासा को किसान भवन बनाने के लिए एक करोड़ रूपए देने की घोषणा की वही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों का कर्जा माफ के नाम पर प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए थे जिस कारण उन्हें सहकारी सोसाइटी से खाद नहीं मिल पाता था हमारी सरकार ने इन डिफॉल्टर अऋणी किसानों की चिंता करते हुए निर्णय लिया कि इन सभी किसानों को सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से डबल लॉक सिस्टम के तहत नगन में खाद दी जाए डिफॉल्टर और अऋणी किसानों के कारण सहकारी सोसाइटी के काउंटरों पर लंबी लंबी कतारें लग रही थी किसानों को खाद तो मिल रही थी लेकिन खाद मिलने में समय लग रहा था उन्होंने कहा किसानों की समस्या को समझते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब किसानों को सोसाइटी के सेंटर पर आने की जरूरत नहीं रहेगी सरकार के अधिकारी कर्मचारी खाद लेकर किसानों के गांव उनके घर पहुँचेंगे और किसानों को खाद नगद में उपलब्ध कराएंगे मंत्री पटेल ने कहा की इस घर पहुँच सेवा से किसानों को काफी राहत मिली है और अब उन्हें समय पर खाद मिल रहा है कांग्रेस ने जो तो डिफॉल्टर किए किसानों को कर्ज माफ नहीं करके उसके कारण किसान डिफॉल्टर हुए तो सोसाइटी इनको रे नहीं देता और अब पीओ मशीला नहीं बुलाएंगे बल्कि गाँव में पीओ मशीन लेके अधिकारी जाएंगे आपसे पैसा लेंगे वहीं थम्प लगाएंगे और तो पूरा ट्रक कट्रक गांव में भेजेंगे और एक एक घर किसान को खाद मिल जाएगी ताकि उसको ट्रांसपोर्टिंग खर्चा चक्का लगाना लाइन में लगना बंद हो जाए उसकी हमने शुरूआत कर दी है खाद की कोई कमी नहीं है आज आते खंडवा कमल पटेल ने भारत जोड़ो यात्रा पर प्रश्न करते हुए राहुल गांधी से पूछा है कि जब आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को तोड़ा तो आप यह बताने का कष्ट करें कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है मंत्री पटेल ने कहा की तुम्हारे नाना जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने भारत माता के दो टुकड़े किए हैं भारत तो एक ही था आपके नाना की प्रधानमंत्री पद की लालसा के कारण आज हम विभाजन का दंश झेल रहे हैं पटेल ने कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 आपकी कांग्रेस लाई अलगाववाद और आतंकवाद कांग्रेस के शासनकाल में पनपा सही अर्थों में आप इन सब चीजों का प्रायश्चित करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं मंत्री पटेल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के किसान युवा महिला तुम्हे कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि तुम और तुम्हारी कांग्रेस सबसे बड़े झूठे लोगों की पार्टी है और रही बात आदर्शो की तो जो विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए आपकी कांग्रेस सरकार को धक्का दिया सत्ता से हटाया वे सभी निष्ठावान और ईमानदार हैं, इसलिए भाजपा में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर क्या कहा था एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस बस दस दिन में कर्जा माफ नहीं किया दो लाख का तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा लेकिन दो लाख का कर्जा माफ हुआ क्या पंद्रह महीने बदला क्या दस दिन के बदला और इसलिए जनता के साथ छल किया धोखा दिया और इसलिए नारायण पटेल ने धोखेबाज पार्टी को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल को भाजपा जो कहती है वो करती है अब कांग्रेस और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं और आप लोग भी पूछो कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है भारत को तो तोड़ा कौन दे ना राहुल गांधी जी भारत को तोड़ा तुम्हारे दादा जी नाना जी, तुम्हारे जी।, जी ने तुम्हारे पिता जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने भारत तो एक था अखंड था लेकिन सत्ता के लोलुक में लालच में तुमने कहा कि प्रधानमंत्री मैं बनू जिन्ना बोले मैं बनू तो दोनों ने मिलकर बांट लिया कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ले लो